समाजसेवी उमाकांत उपाध्याय ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन पर कई आरोप लगाए और कहा कि अल्ट्राटेक प्रबंधन पंचायतों को राजस्व देने के नाम पर चूना लगा रहा है और उसने इलाके में विकास के कामों को ग्रहण लगा दिया है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट सरला नगर की स्थापना आज से चालीस वर्ष पूर्व हुई थी तब से अब तक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट ने अपने प्रभावित क्षेत्र में विकास के कार्यो पर ग्रहण लगा दिया है प्लांट द्वारा सिर्फ कागजों पर विकास किया जा रहा है जबकि क्षेत्र के खनिज का दोहन करके वह प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों की कमाई कर रहा है यह उद्योग क्षेत्रीय लोगों की लगातार अनधेखी कर रहा है समाज सेवी उमाकांत उपाध्याय ने कहा कि अब इलाके में अल्ट्राटेक की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी उन्होंने कहा अल्ट्राटेक पंचायतों के राजस्व को चूना लगा रही है सी एस का अधिकांश काम भी कागजों में हो रहा है अल्ट्राटेक गोद लेने के नाम पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ धोखा कर रही है अल्ट्राटेक ने किसानों की जमीन लेकर आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी बेरोजगारी की मार झेल रहे स्थानीय युवा काम ना मिलने की वजह से अन्य प्रदेश में पलायन कर रहे हैं उत्पाद होते जा रहे हैं दिन के दिन समस्या बढ़ती जा रही है उस विषय को लेकर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को माध्यम पहुंचाना हमारा मेन लक्ष्य है कलेक्टर महोदय माननीय सांसद जी माननीय विधायक जी को प्रिंट माध्यम से हमारे बीच में काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ आज हम बात हो रहे हैं इस अग्रह कोई बड़ी योजना को पार करने के लिए हमारी मुख्य मांगे हैं अल्टा टैक्स सीमेंट में सीएसआर एस आर के तहत जो राशि सार्वजनिक की जाए हमारे क्षेत्र में कितना सीएसआर एस आर के मत तहत खर्च होता है कहां कहां होता है उसको सार्वजनिक करें पास में लगा हुआ के प्लांट है वो भी सीएसआर एस आर राशि सूची जारी करें क्या क्या प्लांट में सीएसआर एस के तहत खर्च किए जाते कहां किए जाते दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है डलहा में आए दिन कारगर के, केस दिन, दिन बढ़ते जा रहे हैं और कोई अल्ट्राटेक के माध्यम से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी वहाँ नहीं जाता देख नहीं करता दिन बे दिन केस बढ़ रहे हैं ये आस पास के क्षेत्र में भी प्रभावित करेंगे इसके लिए हम प्रबंधक मुदर से अपील करते हैं कि इसका निराकरण करें क्षेत्र में शिविर लगवाया जाए वहाँ से पानी दूषित हमारे क्षेत्र में बह रहा है कहाँ से आ रहा है उसका निराकरण करें तीसरी हमारी सबसे बड़ी मुख है जो बाहर से आए हैं श्रमिक उनका वेरिफिकेशन करवाया जाए थाने में जाकर कि कहाँ से आए हैं कहा कहीं अपराध शुदा तो नहीं है आए दिन अपराध की घटना दिन के दिन बढ़ती जा रही है क्षेत्र में और अपराध चरम सीमा तक पहुंच चुका है उनके पालतू तो गुर्गे लोकल लोगों को परेशान करते हैं उनके माध्यम से प्लांट में आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है पहला मुद्दा हमारा यही है क्षेत्र तो के हर युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करें जिसमें हमारा क्षेत्र कुछल और सकुल चल सके